नमस्कार साथियों आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम लोग दुर्गा सप्त पर चर्चा अपनी आज भी जारी रखेंगे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से दुर्गा जो है राष्ट्रीयता के प्रतीक बनकर उभरी मकबूल फिता हुसैन की मदर इंडिया वाली एक पेंटिंग है उसमें यह देवी एक हाथ से गंगा गिरा रही हैं और दूसरे हाथ से पंछी को आज़ाद कर रही हैं देश एक तरह से जियो है विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष सुभाष चंद्र बोस सब लोग इसे भारत माता के बड़े भक्तों में से थे सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशी नेशनलिज्म के एक नए धर्म की चर्चा करते हुए इस नई देवी की पूजा करने का आह्वान किया था जब दुर्गा के रूप में राष्ट्र को देखा गया तो उसका एक अर्थ देश को एक ऑर्गेनिस्ट तरीके से देखना था उसका अर्थ था कि देश सिर्फ एक टेरिटरी एक भूमि नहीं है उस टेरिटोरियलिस्ट तरीके से देखने से असहमति थी और ये एक पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग किस्म की चीज़ थी जिस चीज़ को आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों से लड़ने का हथियार बनाया गया था उस चीज़ को आज़ाद होने के इतने बरसों बाद राष्ट्रवादी जज्बे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है सुदुर्गा के खिलाफ ही कपोल कल्पित कथाएँ विकसित कर ली गई हैं दुर्गा राष्ट्र के खिलाफ कांचा एलैया ने बफेलो नेशनलिज़म की थ्योरी ईजाद कर दी है भारत माता राष्ट्र के लिए कोई किताबी अभियंत्र कोई पैडोलॉजिकल डिवाइस नहीं है जैसे दुर्गा नहीं है मसूद अल्ताफ रजा स्वप्निल नंदी द्वारा संपादित पुस्तक पोस्ट कॉलोनियल फैंटासी के आरोप जो हैं लगाते हैं और वो बड़े महान आरोप हैं उसमें वे कहते हैं दुर्गा इज अ प्योरली मिलिट्री डाइटी ऑलमोस्ट अ साइबोर्ग वॉरियर नॉट सरप्राइजिंगली the image of durga is painted on the fighter jets that all female squadron flies into pakistan to subdue modern day demons this is a lucid association of violence nationalism and the mother goddess all these connections ultimately assert the tradition of violence and domination that underlies indian nationalism and indian society in general ये सज्जन संभवतः ये समझते हैं कि अंग्रेज हमें अहिंसा के कारण ही छोड़कर चले जाते यदि दुर्गा राशि के साकार रूप में सामने आई तो इसलिए आईं कि मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं हैं दोस्तों मुल्क जो आज़ाद होते हैं लहू के मोल होते हैं वे हिंसा की परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करती लेकिन वे अन्याय से संघर्ष की ज़रूरत और जिद का प्रतिनिधित्व करते हैं इन सज्जनों को महिषासुर के असरों का डोमिनेशन आपत्तिजनक नहीं लगता जिनके कारण देवता से लोग पनाह मांग गए भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्गा सिंबोलिज्म के आधार पर हिंसावादी मानना उपनिवेशवादियों और पाकिस्तानवादियों को शांति का दूत मानने जैसा हास्यास्पद लगता है और वो परिसर जहां पर की अधिकतर ये चीजें हुईं, वो परिसर भी कुछ अजीब सा था उन्होंने महिषास शहीद दिवस मनाया दो बार मनाया विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में पिछड़ों के नाम से गठित एक संगठन जो है वो सुर का अर्थ ब्राह्मण और असुर का अर्थ शूद्र बताया था और दुर्गा के अत्यंत अश्लील चित्र वितरित कर रहा था दुर्गा स्त्री की शक्ति का प्रतीक न बताई जाकर पिछड़ों और शूद्रों की हत्याण बताई जा रही थी ऐसे कार्यक्रम के एक संगठन ये कहते थे कि हिंदू रंगभेदी हैं क्योंकि वे गाय की पूजा करते हैं जो श्वेत होती है और महिष की नहीं क्योंकि महिष्य बफेलो काली होती है इन सज्जन को कांचार्य कांचार्य के गीत में याद भी किया गया है ये भी बुद्धिजीवी थे हालांकि इन्हें श्यामा गायों के बारे में आता पता नहीं था और यह भी पता नहीं था कि या तो महिष बफेलो हो सकती है या असुर भैंसों में शुद्रता की इन्होंने अद्भुत खोज की थी और आज के इस चर्चित विश्वविद्यालय में इस तरह की जहालत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परम्परा के वैकल्पिक पाठ और नव बौद्धिकता के नाम पर ग्लोरिफाई किया जा रहा था कोई आज ही अचानक से नहीं आ गई मूर्ता की महिमा स्तुति ऐसी कई चीजें पहले भी खतबदा रही थीं। समकालीन असुरों के प्रशस्ति पारायण तक वे महिषासुरों के महिमामंडन के बाद ही पहुंचे जब सार्वजनिक जीवन के एक प्रमुखतम हस्ताक्षर ने अभी दो वर्ष पूर्व एक पवित्र शहर के पवित्र घाट पर नदी पूजा की तो डॉक्टर अत्र ने उसे न केवल मदर की पूजा कहा, बल्कि धर्म की घातक मिलावट कहा लेकिन उन्हीं ने उस प्रसंग पर कुछ नहीं कहा जब सार्वजनिक जीवन की ऐसे ही प्रमुखतम हस्ताक्षर को दुर्गा कहा गया था। कहा जा सकता है कि प्रशंसा और पूजा में फर्क होता लेकिन दिक्कत यही है आखिरकार कहा तक हम उस चीज को खारिज करें जो हमारी सांस है क्या करें उस राष्ट्र का जो प्रकृति के प्रति मात्र भाव और पूजा भाव से भरा हुआ है, शिकायत इस भाव को उसकी पूरी में साक्षात्कार न न की की हो सकती है। उसका न हो पाने की हो सकती सकती है, है, उसका पाने लेकिन यहां तो शिकायत इस भाव मात्र के होने से है यह देश अपना स्वयं का मानस मंडल किस पश्चिमी जंगल में जाकर गाड़ आए यह सवाल हम लोगों के सामने है यार